अगर किसी बोल या पत्थर को किसी ढलान पर रख दिया जाए तो वो तुरंत लुढ़क जाएगा लेकिन चेन्नई के महाबलीपुरम में 45 डिग्री की ढलान पे एक 200 टन वजनी और 20 फीट ऊंची रोक कितने ही 100 सालों से उसी ढलान पे बिना लुढके वहीं के वहीं टिकी हुई है ना जाने कैसे और इसके पीछे का क्या रहस्य है कोई नहीं जानता 1908 में चेन्नई के गवर्नर ने उसी बड़ी रॉक को सात हाथियों से खिंचवाने की कोशिश करी लेकिन हाथी हार मान गए पर वो रॉक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई गाइस उस रॉक का नाम है कृष्णा बटरबोल आपको इस रहस्यमयी बोल के बारे में जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में